जिंदगी के शुरू में ही एक बड़ा तूफान आया, जहाँ पे सब खत्म हो गया सब हिल गया बचने का कोई आशा भी नहीं था आखिरकार तकदीर भी हमारे साथ नहीं रहा धीरे धीरे सब ख़त्म हो रहा था तभी अचानक जिंदगी के मोड़ पे एक बड़ा तूफान आया बदल गया सब कुछ बदल गया जज्बा YouTube प्लेटफॉर्म पे हमारा वीडियो टॉप ट्रेंडिंग सेवन के लिस्ट में गया थैंक यू फॉर ऑल तो हेलो गाइस कैसे आप लोगों लोग तो सब लोग रहा आगे बढ़े तो नया भी चुका मैं तो हमेशा सच बोल देता हूँ तो अभी भी मैं सच बोल रहा हूँ ठीक है देखो अगर मैं वीडियो बंद कर दिया ना तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए और घर वालों को मैं क्या दू इतने दिन तो बस पैसा दे रहे थे अगर एक भी पैसा ना दे तो घर वाले लात मार के घर से निकाल देंगे इसलिए फिर से कॉन्फिक बनाया और आपके लिए कॉन्टिक लेके आए और खुद भी पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं अच्छा तो देखो भाई मुझे पता है मैं एक दिन से कोई कॉन्टिटफल नहीं दिया आप लोग को मतलब कोई वीडियो अपलोड नहीं किया तो अभी तक सारे बंदे आपका चड्डी फाड़ रहे तो चिंता मत करो आज का जो कॉन्टिक फाइल आपको देने वाला हो आज उस कॉन्फिक फाइल में बस चड्डी कियापड़ा जो है सब फाड़ने वाले हो तो देखो गाई आपको बंदो का चड्डी फाड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा सबसे पहले हमारा सब्सक्राइब बटन है मुझे कुछ नहीं मालूम उस सब्सक्राइब बटन के अपना चड्डी उतार के मारो या okay, अंडरपेंट मुझे नहीं पता बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब हो जाना होने के बाद जो पास में घंटा है उसको भी दबा दो एकदम तंतर आ दो तो सब्सक्राइब के बटन वन मेरा कॉन्फीफाइल आपके डिवाइस में काम नहीं करेगा अगर नहीं किया तो आपका आपका गर्लफ्रेंड भाग जाएगी well done, well done, well done. तो देखो कॉन्फीफाइल अप्लाई करने से पहले एक बात बोल देता हूँ जो जो बंदे सोचते हैं हमारा कॉन्फीफाइल अप्लाई करने से आपका डिवाइस का एकदम हंड्रेड हेडशॉट लगने वाला है उन लोगों को बता रहा हूँ आपका दिमाग को चड्डी मारो मतलब आपका दिमाग ठीक कर लो क्योंकि हमारा कॉन्फिग फाइल से आपका सेंसिटिव एकदम हाई रहता है मतलब हम हाँ कोई गलत कॉन्फिग फाइल नहीं देते जिसमें आपका आईडी बैन हो जाए इसलिए ये बात आपने दिमाग में एकदम से डाल लिया करो जो हमारा कॉन्फिग फाइल से आपका सेंसिटिव हाई हो जाएगा ना कि आपको ऑटो हेडशॉट लगने वाला है तो जो जो बंदे हमारा ये कमेंट करते हैं जो कॉन्फिक अप्लाई नहीं हुआ हम अप्लाई नहीं कर पा रहे क्या फिर वर्क नहीं हो रहा है मेरे डिवाइस पे? उन लोगों को बता रहा हूँ मेरा कॉन्फिक आज का कॉन्फिक हर एक डिवाइस में वर्क करेगा जो बंदे नहीं कहेगा मेरे डिवाइस में वर्क नहीं किया तो गाइस प्लीज़ आपने कुछ गलत किया है जरा वीडियो ध्यान से देखो तो मैं आपको अपलायर प्रोसेस दिखा देता और डाउनलोड लिख डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा तो देखो सबसे पहले आपको एक्सप्लोर कर लेना है या फिर देखो दो फाइल मिलेंगे एक है फ्री फायर का एक फ्री फायर मैक्स का तो इसका दोनों का ही काम है जो जो खेलते हैं वो यूज़ कर लेना तो सबसे पहले इसको कॉपी करके फिर आपको एंड्रॉयड डेटा के अंदर जाके और सिंपली यहां पे पेस्ट कर देना है